में पूछा गया है क्वेश्चन है, है अगर हम इसको सॉल्व करें करे, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हा चलिए बहुत अच्छे देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं देखिए क्वेश्चन है Uh, 999 सही अंठानवे बटा निन्यानवे गुने निन्यानवे बराबर है अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा यह बताना है जल्दी से बताएं। आप सभी स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं अलग अलग आंसर आ रहे हैं अलग अलग आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आ रहा है किसी का सी आ रहा है ऐसे नहीं होगा थोड़ा सा समझना है ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ रहे हैं चारों ऑप्शन नहीं देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा 999 सौ सही में है और उसके बाद से क्या है अंठानवे बटा का निन्यानवे और गुने क्या है निन्यानवे इसको सॉल्व करना है इसी को सॉल्व करना है तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको सही बटा का मतलब क्या होता है पता है देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा समझ लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा समझना सही बटा का मतलब इसमें गुना होता है और यह जुड़ता है फिर बटा निन्यानवे हो जाएगा समझ रहे हैं तो आप नौ सौ को क्या लिख सकते हैं देखिएगा नौ को आप लिख सकते हैं एक देखिएगा एक हजार माइनस एक भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं तो आप इस 999 को क्या लिख दीजिए एक हजार माइनस एक तो आपको सॉल्व करने में क्या होगी बहुत ही आसानी होगी कहने का मतलब है अगर हम इसको लिख दे एक हजार माइनस एक ठीक है और ये हो जाएगा अंठानवे वटा का क्या निन्यानवे और गुने ये होगा निन्यानवे अब देखिए इसमें क्या होता है गुना होता है ये जुड़ता है फिर बटा निन्यानवे गुने निन्यानवे होगा जब आप इसमें गुना करेंगे तो पहले एक हजार में करेंगे तो क्या होगा निन्यानवे हजार फिर माइनस में एक से करेंगे तो माइनस निनानवे फिर ये प्लस आपका क्या होगा अंठानवे और इन सब का बटा क्या होगा निन्यानवे और गुणे क्या होगा निन्यानवे यही होगा बस अब आराम है आसान है अब क्या है आराम से सॉल्व हो जाएगा कहने का मतलब है ये निन्यानवे से ये कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करना है माइनस निन्यानवे प्लस अंठानवे बस इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो यहां पे निन्यानवे में से अंठानवे जाएगा माइनस का वन हो जाएगा इसकी जगह पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा होगा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आप क्या करेंगे निन्यानवे हजार निन्यानवे ये आपका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब निन्यानवे हजार में से एक घटाएंगे तो क्या होगा अंठानवे हजार नौ सौ निन्यानवे यह आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा ठानवे हाँ, हजार नौ सौ निन्यानवे बताए समझ में आया कि नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हाँ जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे एक बार कमेंट करके बताइए तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कॉमेंट करके बताए पूछा गया क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है चलिए हाँ, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ही याद हो जाएगी क्या प्रोसेस होता है आप डायरेक्ट आप इसी लास्ट वाले ही हाँ लास्ट वाले ही ठीक ठीक हाँ ऑप्शन नंबर ये आ रहा है सभी का हाँ देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी के सभी लास्ट स्टेप पे ही जाएंगे दिमाग में आपके लास्ट स्टेप आएगा कि माइनस का वन करना है बस माइनस का वन करना है निन्यानवे हजार माइनस ठीक है बहुत अच्छे एकदम सही है, इस 999 को 1000 -1 कर है, फिर अब तो आसानी है निन्यानवे से एक हजार में गुनावे फिर माइनस एक करेंगे तो निन्यानवे कम निन्यानवे फिर ये प्लस होता है प्लस अंठानवे बटा गुने निन्यानवे तो तो होंगे घटाया कैसे जाता है बड़े में से छोटे को घटा के बड़े वाले का सिंबल लगा देते हैं यही तो होता है निन्यानवे में से अंठानवे घटाएंगे बड़े वाला माइनस है तो माइनस एक हो जाएगा जब आप निन्यानवे में से एक घटाएंगे अंठानवे हजार आंसर हो जाएगा बहुत हाँ समझ में आ गया है अच्छे से चलिए तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन है दो संख्याओं का उच्चतम समापर तक उच्चतम मतलब महत्तम समापर तक महत्म समापर तक मतलब कॉमन फैक्टर बारह है और उनके बीच का अंतर भी बारह है वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं कौन सी है यह आपको बताना है दो संख्याएं हैं, देखिएगा यहां पे लिखा है दो संख्याओं का उच्चतम समाप्र यानी कि एच सी एफ यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 है और उनके बीच अंतर है वो भी 12 है तो संख्याएं कौन सी है यह बताना है चार ऑप्शन आपके सामने आंसर दीजिए तो कैसे सॉल्व करेंगे बताए हाँ सर आप कैसे हैं हम बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा देखिए अलग अलग आंसर नहीं चाहिए इसमें एबीसीडी ऑप्शन नीचे ए को इतने स्टूडेंट दे रहे हैं अच्छा ए नहीं होगा अंतर अच्छा अंतर देखेंगे बारह है अंतर क्या है बारह है अंतर देखे तो बारह है क्या एच सी होगा एच का मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा संख्या जो इनको विभाजित करे दोनों को ऐसी संख्या ठीक है नहीं तो आप देखेंगे 12 से यह कटेगा यह कटेगा नहीं कटेगा तो 12 यह नहीं होगा 12 से क्यों नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा अगर यहां पे देखें तो 12 का अंतर है 12 से 70 कटेगा 12 से बयासी कटेगा नहीं कटेगा अगर यहाँ पे देखे तो चौरानबे छ बारह यहाँ पे है बारह से लेकिन ये कोई संख्या नहीं कट रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चौरासी छानबे अंतर देखेंगे बारह का है अंतर बारह का है क्या चौरासी से कटेगा बारह से तो चौरासी बारह और छानवे समझ रहे हैं यानी कहने का मतलब है बारह से ये भी कट रहा है और बारह से आपका ये भी कट रहा है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का क्या है एचसीएफ क्या है बारह है यानी इस को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन क्या गो थ्रू ऑप्शन ऑप्शन से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे सेकेंडो में आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर डी इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर हो जाएगा बताएं समझ में आया कि नहीं जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑरिए क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं चलिए सर एस एस का क्लास कब से शुरू होगा काम चल रहा है स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द आपके लिए ठीक है परेशान नहीं होना है चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले समझ में आ गया सभी को बहुत अच्छे चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर पूछा गया क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट क्या है ठीक है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है यदि तीन पुरुष या चार महिलाएं प्रतिदिन चार कमाते हैं तो पांच पुरुष और सात महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है यह बताना है बताए तो आंसर देखिए क्वेश्चन है तीन पुरुष या चार महिलाएं प्रतिदिन तीन पुरुष काम करेंगे तो देखिएगा एक दिन में चार सौ अस्सी कमाएंगे या चार महिलाएं काम करेंगी तो एक दिन में क्या होगा चार सौ अस्सी रुपए और सात महिलाओं की एक दिन की इनकम क्या है आय क्या है यह बताना है तो बताएं आंसर क्या होगा हाँ आसान है एक लाइन में सोल्व हो जाएगा बस गुना करना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है चलिए कैसे होगा देखिए कैसे होगा इसका मतलब है नहीं समझ पा रहे आप तीन पुरुष यहां पे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए तीन पुरुष या चार महिलाएं दिया है ये या लिखा है मतलब तीन पुरुष काम करेंगे तो एक दिन में चार सो अस्सी यानी कि तीन पुरुष तीन पुरुष का एक दिन का काम देखिएगा एक दिन में कितना कितना रुपए कमाते हैं चार तीन पुरुष एक दिन में चार कमाते हैं तो एक पुरुष एक पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा चार सौ अस्सी बेटा तीन से आप भाग करेंगे तीन एक तीन, तीन यहां तक क्लियर है अब देखिए या चार महिलाएं अगर काम करें तो एक दिन में कितना कमाएंगी चार सौ अस्सी चार महिलाओं का एक दिन का जो इनकम है जो कमाते हैं कितना है चार सौ अस्सी तो एक महिला का अगर बात करें एक महिला का एक दिन का क्या होगा चार को चार से भाग करेंगे चार एकम चार चारो एक बीस या बारह सौ अड़तालीस ऐसे समझ सकते हैं तो एक महिला का एक दिन का जो आ, आय है वो क्या है एक रुपए क्लियर है हम लोगों से पूछा क्या है पांच पुरुषों और सात महिलाओं अगर एक पुरुष का एक दिन का देखिएगा एक दिन का 160 है तो पांच पुरुष का क्या होगा 160 सौ गुने पांच यानी सोलह पचासी आठ सो रुपए अब देखिए सात महिलाओं की बात कर रहे हैं एक महिला का एक दिन का जो आय है 120 है तो सात महिला का क्या होगा गुने सात कर लीजिए तो बारह सत्य क्या होगा चौरासी 84, आठ सौ चालीस ठीक है इन्हीं का क्या पूछ रहा है दिन का देखिएगा पांच पुरुष और सात महिलाओं का एक दिन की आय कितनी है आप इन दोनों को क्या करिए जोड़ लीजिए तो कितना रुपये होगा टोटल होगा सोलह सो चालीस रुपए सोलह सौ चालीस रुपये आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही हो जाएगा एक हजार सौ चालीस यानी सोलह वेरी गुड बहुत अच्छे हाँ, आसान है समझ में आ गया जल्दी से बताए सभी के सभी स्टूडेंट हा 800 सौ प्लस आठ सौ हाँ बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट किया है चलिए समझ में आ गया है समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले ठीक है हां और मन लगा कि पढ़िए अच्छे से तैयारी करिए डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हाँ चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखने की जरूरत है ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है यदि b बाई ए बराबर जीरो हो तो 2a ए माइनस बी बटा टू ए प्लस बी प्लस टू बाई नाइन इजिकल टू क्या होगा ये बताना है बताएं तो क्या आंसर होगा एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्वेश्चन बोला है यदि b बाई ए बराबर जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव का मतलब क्या होता है यह पहले आपको समझना पड़ेगा हाँ, सीजल की क्लास आपकी ऐप आप पे चल रही है सच सीजल की क्लास एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर ऐप पे चल रहा है तो ऐप से आप लोग जुड़ जाए चलिए नहीं समझ में आ रहा है आसान क्वेश्चन है एक दो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर दे रहे हैं बाकी लोगों का क्या आ रहा है पांच बटन नौ चार बटन ओ, एक, नौ एक वेरी गुड चलिए समझा दे हाँ, नौ बटा नौ मतलब एक अच्छा देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको पहले थोड़ा सा समझना है ये दिया क्या है बी बाई ए बी बाई ए बराबर जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव का मतलब क्या होता है वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर समझ रहे हैं के एग्जाम भी होता है जीरो पॉइंट टू क्या है नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1 4 भी बोलते हैं कुछ लोग समझ रहे हैं ना वही चीज 1 बाई फोर एक को चार से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.25, यही तो आएगा 0.25, समझ रहे हैं अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यानी b बाई ए को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 बाई फोर यानी b को बोले तो वन और a को बोले तो फोर बी की वैल्यू वन ए की वैल्यू फोर बस ऐसे आप समझिए ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों से बोल रहा है 2a ए माइनस बी बटा टू प्लस बी प्लस टू बाई नाइन इजिकल टू क्या होगा ये पूछा है तो ए की वैल्यू क्या है फोर बी की वैल्यू वन तो ए की वैल्यू फोर है तो दो को क्या होगा आठ माइनस बी की वैल्यू क्या है एक तो एक हो जाएगा बटा में फिर ए की वैल्यू क्या है चार तो दो चौ को आठ और प्लस क्या होगा बी की वैल्यू एक है तो एक प्लस क्या होगा दो बटाका नौ बराबर इसी का तो पूछ रहा है कुछ नहीं करना है देखिए अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आठ में से एक जा सात बटाका आठ एक नौ प्लस दो बटाका नौ ठीक है देखेंगे आपके सामने नौ बटा नौ दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और समझिए नौ नौ का एल्सियम नौ नौ से नौ कटेगा ऊपर सात बीच में प्लस है प्लस नौ से नौ गया दो और क्या हो गया आगे आप देखेंगे तो सात दो नौ बटाका नौ नौ no, एकम नौ बराबर क्या होगा एक आंसर क्या होगा एक क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा एक एक किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है बताए समझ में आया कि नहीं ऑप्शन नंबर सी डी कबाला ध्यान दे डी आंसर नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट डी भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सी एकदम सही है कोई बात नहीं हाँ देखना है चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं एकदम सही है आंसर होगा एक हाँ वन वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी बताएं एक बार समझ में आएगी नहीं समझ में आ गया तो एक बार ऐसा कमेंट करिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हाँ समझने की जरूरत है ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में बहुत ही आराम से कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को चलिए एकदम सही जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है समझ में आ गया है समझ में आ गया है चलिए हां देखिए एक बात और आप लोग समझ लीजिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में भी है ऐप आप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासे चल रही हैं अगर किसी एग्जाम की क्लास नहीं चल रही है तो आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए भी बैच स्टार्ट हो जाएगा ठीक है हाँ बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेज चल रही है तो ऐप को डाउनलोड करके आप सभी स्टूडेंट ऐप से जुड़ जाइए ऐप पे पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो वहां